नार। नार। बड़ा से आम, ई से, से इमली ई ऐसी बड़ी ऐसी ईट बड़ी ऊसे बड़ा उसे ऊट बड़ा उसे ऊँट राश रिश्ती ओ से ओखली, ओ से ओखली, आउ से औरत, आउ से औरत, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर, अहा खाली, अहा खाली. Thanks for watching. Keep subscribing. Keep liking.